और अकेला मतलब है मतलब के साथ जा रहा गेम तो हम दोनों ही खेल रहे हैं पर चाला की कर रहा है पर कोई बात नहीं यार जोन तो सीधे सीधे आ रहा है आगे आगे इसकी भी अपन वाट लगा डालेंगे बेटे लेंगे हो गया इसका कांड हो चुका है भाई लोग आपको ये लाइक्राइब मतलब यार भूलिया हो चुका है मतलब